सिंगरौली में मुक्तिधाम परिसर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर पौधारोपण किया गया विभिन्न प्रजातियों के करीब डेढ़ सौ पौधे लगाए गए इस मौके पर प्रशासनिक अमले के साथ पर्यावरण प्रेमी और ग्रामीण मौजूद रहे सिंगरौली में दूज और गोवर्धन पूजा के अवसर पर नगर निगम क्षेत्र के मुक्तिधाम परिसर में पौधे लगाए गए पर्यावरण को बचाए रखने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था कार्यक्रम में आम कटहल नींबू आमला सहित विभिन्न प्रजातियों के लगभग डेढ़ पौधे लगाए गए पौधा कार्यक्रम में सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीणा विधायक रामलाल बैस और नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे सहित कई लोग मौजूद रहे इस दौरान पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया आज जो हमारा इस सिंगरौली जिले की नगर निगम क्षेत्र में एक सामूहिक वृक्षारोपण के लिए स्थान चयनित हुआ है जिसमे से इसमें जो भी हमारे कोई महत्वपूर्ण शासकीय अवसर होते है तो हम यहाँ जो है वो उस जगह पर जाकर वृक्षरोपण करते हैं अभी यहाँ का लगभग पचास से साठ हज़ार वृक्ष पौधे भी लगाए जा चुके हैं और निरंतर कोशिश है कि इसमें हम हर साल इसकी जो वृक्षरोपण इसमें करते रहें और जो सिंगरौली में एक पर्यावरण क्षेत्र वृक्ष की जो महत्ती आवश्यकता है उस महती आवश्यकता को हम इस वृक्षरोपण के माध्यम से पूछे